पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है अपनी वफा से तुझे सजाना है दिल चाहता है तुझे कितना बताना है हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है अब थक चुके है ये कदम चल घर चले मेरे हमदम होंगे जुदा ना जब तक है दम चल घर चले ता उम्र प्यार ना होगा काम चल घर चले मेरे हम मेरे रहो तुम और तेरे हम चल घर चले मेरे हम गम पे तू खड़ा देखे हाँ रस मेरा आंखों को हर दिन मिले यही एक मंजर तेरा बस अब तेरी बाहों में जा नम सो जाना है जागे हुए रातों के हम चल घर चले मेरे मेरे रहो तुम और तेरे हम चल घर चले मेरे हम ताम्र प्यार ना होगा कम चल घर चले मेरे